अरे अरे, बैठ तुम तुम अपना अपना खाओ। खाओ। इसको, नहीं। नहीं। नहीं, नहीं, इसको इसको, इसको नहीं नहीं नाश्ता करो बैठ के। खाओ तुम्ही खाओ अपने आप से जैसे रोल बना बना के खाते है ना खाद इधर बैठो उठो आयशा इधर बैठो धूप फूल आयशा तू बहुत सताती है इसीलिए गुस्सा आ जाती है मुझे हां तो मानी तू खाना खा ले हजार